उसमें मिस बीमार हूँ मैं डॉक्टर दिखाऊंगा आपके पास स्लिप है नहीं है मैडम यही 63 मतलब आपने तो बोला इसलिए बोला okay. कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आ गया हूँ मैं सुनिए मेरी बात ध्यान से तुम्हारा टॉयलेट टेस्ट करूँगा मैं आप अकेला ही मेरे टॉयलेट टेस्ट करोगे इस बोतल पर टॉयलेट लेकर आना ये बोतल में टॉयलेट है और ये चाट में लेकर आये हो बोतल तो ठीक ठाक ही है ये चाट क्यों लेकर आये हो खाली मुंह में टेस्ट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा इसलिए थोड़ा चाट लेकर भी आ गया। डॉक्टर साहब हाँ बोलिए मेरा दांत में दर्द कर रहा है जल्दी से एक दवाई दे दो इतना दर्द करते है मेरे दात पर रात को नींद नहीं होता है। आपका ही तो जरूरत थी क्योंकि मैं नाइट गार्ड ढूंढ रहा था oh, no! बस भालो तो कहाँ से आते हैं? तुम लोग देख तो रहे हो oh, no. क्या देख रहे हैं भाई निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी है, ये तो है। सुबह hey! बेसरम पूरा तो सुन hey! तो बोल सही <laughs> मेरे बात सुनो सब लोग इसको बात को ध्यान मत दो नहीं। आप <laughs> लोग तो सब लोग वीडियो देख रहे हो तो जल्दी ऐसी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है। बोल देता। फे फे, मुझे नहीं आना पड़ता मेरा जो पेमेंट बाकी है वो कौन लेगा धीरे oh, no. बोल सब लोग सुन लेगा तुम्हारा पेमेंट दे रहा हो जाओ इदागा, इदागा। नहीं दे और मुझे पेमेंट मिल गया है छोड़ दो मुझे आप लोग सब्सक्राइब कर दो मैं इसका पेमेंट दे के आ रहा हूँ बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ